हाँ तो भैयू संजीव कुमार हंस का आप सभी को प्यार भरा नमस्कार एक कहानी के माध्यम से एक घर के अंदर पांच दिए जल रहे थे एक दिन पहले दिए ने कहा इतना जलकर भी मेरी रोशनी की लोगों को कदर ही नहीं तो इससे बेहतर तो ये है कि मैं बुझ जाऊं वह दिया खुद को व्यर्थ समझकर बुझ गया जानते हो दिया कौन था वह दिया उत्साह का प्रतीक था यह देखकर दूसरा जो शांति का प्रतीक था वो भी कहने लगा मुझे भी बुझ ही जाना चाहिए निरंतर शांति की रोशनी देने के बावजूद भी लोग हिंसा कर रहे हैं और शांति का दिया भी बुझ गया उत्साह और शांति के दिए के बुझने के बाद जो तीसरा दिया हिम्मत का था वह भी अपनी हिम्मत खो बैठा और वो भी बुझ गया उत्साह शांति और हिम्मत के ना रहने पर चौथे दिए ने भी बुझना ही उचित समझा चौथा दिया समृद्धि का प्रतीक था सभी दिए बुझने पर केवल पांचवा दिया ही जल रहा था हालांकि पांचवा दिया बहुत छोटा सा था फिर भी निरंतर जल रहा था तब एक लड़का उस घर में आता है उसने देखा कि एक दिया जल रहा है वो खुशी से झूम उठा चार दिए बुझने की वजह से वह दुखी नहीं हुआ बल्कि खुश हुआ यह सोचकर कम से कम एक दिया तो जल रहा है उसने तुरंत पांचवा दिया उठाया और बाकी के चारों दिए जला दिए जानते हो वो पांचवा दिया कौन था वो पांचवा दिया उम्मीद का दिया था इसलिए अपने घर में हमेशा उम्मीद का दिया जलाए रखो चाहे सब दिए बुझ जाएं, पर उम्मीद का दिया नहीं बुझना चाहिए यह एक ही दिया काफ़ी है बाकी सब दियो को जलाने के लिए ओके okay, फ्रेंड्स फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ